है अभी बन मैं महेंद पांडे आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे गाइज आप लोगों को मैं आज नोट पैड में आगे की क्लासेस प्रोवाइड करूँगा इट मीन्स मेरी जो पिछली वीडियो आई थी नोट पैड पार्ट वन उसके आगे मैं कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मैंने पीछे ही कमिटमेंट करा हुआ था कि मैं आपको नोट दो क्लासेज में प्रोवाइड करूँगा नोट पार्ट वन एंड नोट पार्ट टू पिछली क्लास में आपने देखा मैंने नोट को ओपन करने से लेकर के पार्ट ऑफ विंडो तथा तो नोट में फाइल मेनू के सारे ऑप्शंस को मैंने डीपली बताया आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूँगा तो आज का जो मेरा टॉपिक है नोट पार्ट टू और आज मैं इस क्लास में नोटपैड को कंप्लीट करूँगा यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक like करें शेयर करें तथा तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए वेलाइकन well जरूर प्रेस कर लें तो चलिए देखते हैं नोट पार्ट टू इट मीन्स फाइल मेन्यू के आगे हम कंटिन्यू करते हैं आप देख पा रहे हैं नोट पैड टास्क बार पर मेरे था जहां से मैंने उसको ओपन कर लिया आपके सामने नोट के विंडो आ चुकी है जिसमें आपको फाइल मेन्यू के सारे ऑप्शंस का डीपली नॉलेज हो चुका है जिसने हमारी लास्ट वीडियो ना देखी हो इट मीन्स नोट पार्ट वन की वीडियो ना देखी हो वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है तथा वहाँ से यदि वो नहीं प्राप्त कर पाता तो हमारे चैनल पर जाकर के कंप्यूटर बेसिक कोर्स का प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से सारी वीडियोज़ को देख सकता है चलिए हम देखते हैं एडिट एडिट मेनू को हम यहाँ से पढ़ते हैं एडिट में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन हैं आपके सामने अंडू कट कॉपी पेस्ट डिलीट सर्च विद बिंग और साथ में आप देखें शॉर्टकट्स भी शो कर रहे हैं इट मीन्स जो काम हम माउस क्लिक से कर सकते हैं वही काम हम इन शॉर्टकट्स के मदद से कीबोर्ड के द्वारा कर सकते हैं कोई भी काम आसान करने के लिए जल्दी करने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही स्मार्ट वर्क बना देते हैं आपके वर्क को यदि शॉर्टकट्स आपको नॉलेज होता है तो तो चलिए देखते हैं अंडू अभी हाईलाइट नहीं है बिकॉज हमारे वर्क एरिया पर ये जो आप देख रहे हैं ये वर्क एरिया है हमारा और यहाँ पर अभी कोई भी मैटर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ हम कुछ टाइप कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं मैंने अपने वर्क एरिया पर कुछ थोड़ा सा मैटर लिख लिया फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें हम चलते हैं एडिट मेनू को चेक करते हैं एडिट मेनू पर हम जाते हैं और सबसे पहला ऑप्शन है अंडू डू मतलब होता है करना अंडू मतलब जो हमने किया उसको हम यहाँ से एबसेंट कर सकते हैं जो डिलीटेड टेक्स्ट होता है इसका मेन सेंस होता है जो डिलीटेड टेक्स्ट होते हैं या जो आपने लास्ट टाइम लिखा होता है एक बार में बिना कुछ डिलीट किए तो वो अंडू से एबसेंट हो जाएगा और अंडू से ही हम प्रजेंट कर सकते हैं ये काम अगर हम कीबोर्ड से करें तो कंट्रोल के साथ आप देख पा रहे हैं यहाँ अंडू के सामने लिखा है कंट्रोल जेड तो हम ये काम कंट्रोल जेड से भी कर सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं हम कंट्रोल जेड का इस्तेमाल कर रहे हैं आप देखें बार बार हम इसको कर सकते हैं यहाँ कोई काउंट नहीं है आगे चल के तो बाध्यता हो जाती है कि आप इतनी बार अंडू कर सकते हैं इतना बार रेड्यू कर सकते हैं आगे रेड्यू ऑप्शन भी आपको मिलेगा बट यहाँ अंडू से ही एबसेंट भी होता है और अंडू से ही हम प्रजेंट भी कर सकते हैं और आप देख पा रहे हैं जैसे ये अब जो मेरा टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो करके आ रहा है सेलेक्शन के लिए मैंने आपको पीछे भी बताया था कि हम चाहें तो माउस का प्राइमरी बटन क्लिक करें मतलब प्रेस करके पुश करके रखें और हम उसको ड्रैग करते हैं तो इस तरह से हम सेलेक्शन ले सकते हैं हमने आपको बताया था कि हमारा करसर या हमारा इंसर्सन पॉइंट जो स्टार्टिंग में है स्विफ्ट बटन प्रेस करें और एरो की को हम प्रेस करते रहें तो अभी हम सेलेक्शन ले सकते हैं और मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर मेरा इंसर्शन पॉइंट स्टार्टिंग में है स्विफ्ट को प्रेस करेंगे और एंड में हम क्लिक कर देंगे तो भी सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा या हम एक काम करें यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा हम यहाँ पर सेलेक्ट आल एक साथ पूरा सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो भी ये सेलेक्ट आल हो जाएगा सेलेक्ट करना ज़रूरी क्यों है हम सिलेक्शन को एक बार डिसलेक्ट कर लेते हैं सिलेक्शन को रिमूव कर देते हैं फिर हम एडिट में जाते हैं देखिए अंडू तो हम कर चुके हैं अंडू से क्या होता है जो डिलीटेड मैटर होता है वो वहां से एबसेंट और प्रेजेंट किया जा सकता है कट के माध्यम से हम इसको कट कर सकते हैं लेकिन कट अभी आप देख पा रहे हैं हेलाइट नहीं है हेलाइट मतलब होता है एक्टिव नहीं है जिस पर हम क्लिक करते हैं इसे वो कुछ भी रिस्पॉन्स करता है तो जब तक हम यहाँ इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं कंट्रोल ले करके सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहाँ पर आप जाते हैं देखते हैं कट कट का मतलब होता है जो हमने मैटर लिखा हुआ है फाइल में उसका लोकेशन हमें चेंज करना है तो हम कट करते हैं हम यहाँ से कट किया एब्सेंट हो गया हम यहाँ नीचे आ करके थोड़ा सा और यहाँ पर हम जा करके एडिट में पेस्ट ऑप्शन होता है कट मीन्स होता है वहाँ से उसका लोकेशन चेंज करने के लिए तो हम कट करते हैं जो मैटर होगा सेलेक्टेड मैटर कट जाएगा और पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना पेस्ट पर क्लिक करते ही जहाँ हमारा इंसर्शन पॉइंट होगा वहाँ मैटर हमारा पेस्ट हो जाएगा तो आप देख पा रहे हैं हमारा लोकेशन चेंज हो गया थोड़ा सा हम जहाँ पर मैटर लिखे थे उससे थोड़ा सा मूव करके नीचे ला करके इसको पेस्ट कर दिए कहने का मतलब कट करते हैं हम यदि अपने मैटर का अपने फाइल का एक फोल्डर का हमें लोकेशन चेंज करना होता है तो हम कट करते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कॉपी कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट अगर हम ये मैटर इसी का डुप्लीकेट ऊपर प्रेजेंट करना चाहते हैं और हम चाहते हैं ये मैटर यहीं रहे मेरा और यहाँ डुप्लीकेट हमें मिल जाए उसका सेम तो हम क्या हैं? यहां हैं, करते हैं यहाँ से चलते हैं कॉपी करते हैं विदाउट सेलेक्शन कट कॉपी हाईलाइट नहीं होगा कॉपी किया जस्ट डुप्लीकेट क्रिएट हो चुका है अब यहाँ आ करके हम पेस्ट करें या कंट्रोल के साथ व्ही प्रेस कर दें तो आपका मैटर पेस्ट होकर के आ जाएगा आप देख पा रहे हैं सेम दो मैटर आपके पास आ गया इतना गैप क्यों दिया जो, जो मैटर हमने यहाँ पेस्ट किया है वो उसके लिए परफेक्ट स्पेस नहीं था इसलिए उसको जैसे ही हमने सेव किया तो वो अपना स्पेस लिया इसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस उसमें प्रोवाइड कर दिया जितना कि इस मैटर के पहले स्पेस था आप ध्यान दे रहे होंगे एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में स्क्रॉल बार होता है जिसमें एलिवेटर होता है एलिवेटर के द्वारा हम लिखे हुए टेक्सट को मूव करके देख सकते हैं तो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है उसमें आपका एलिवेटर आ चुका है एलिवेटर से हम एलिवेट करके मैटर्स को देखते हैं जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ही आपका एलिवेटर छोटा होता चला जाएगा और आप उसको मूव करके देख पाएंगे जैसे हमने कॉपी किया हुआ हम कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके बार बार पेस्ट कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं हमारा एलिवेटर और छोटा हो गया और हम इस तरीके से इसमें मूवमेंट कर सकते हैं अपने पूरे मैटर को यहाँ से एलिवेटर को मूव करके देख सकते हैं अब हम चलते हैं आगे आपने अंडू देखा अंडू से क्या होता जो डिलीटेड मैटर होता है वो आपका प्रेजेंट और अब्सेंट किया जा सकता है कट से हम लोकेशन चेंज करने के लिए कट करते हैं फिर उसको अलग जगह पर ले जाकर के पेस्ट कर देते हैं कॉपी आप देख पा रहे हैं कॉपी मीन्स होता है डुप्लीकेट यहाँ से इसका हम जो भी मैटर हम लिए हुए हैं उसका हम डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से और फिर हम उसको अलग जगह पर पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट मतलब चिपकाना होता है कट मैटर या कॉपी का किया हुआ मैटर हम पेस्ट के माध्यम से उसको चिपका सकते हैं उपस्थित कर सकते हैं या प्रजेंट कर सकते हैं हम अगला मैटर देखते हैं डिलीट डिलीट हाईलाइट नहीं है बिकॉज डिलीट का करना है तो हमें सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है इतना मैटर अपना हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम चाहें तो एडिट में जा करके डिलीट पर क्लिक करें या डेल बटन होता है आपके कीबोर्ड पर उसको आप यहां से क्लिक कर दें और आपका मैटर कट जाएगा मतलब डिलीट हो जाएगा अगर हम कम्प्लीट डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल ये करें सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और यहाँ से डिलीट कर देंगे तो सारा मैटर आपका डिलीट हो जाएगा फिर से प्रेजेंट करना है तो अंडू एक ऐसा ऑप्शन है उसके माध्यम से हम जितना भी डिलीटेड मैटर है उसको ला सकते हैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करेंगे और कंप्लीट मैटर आपका आ जाएगा जो आपने अपने विंडो पर लिखा हुआ था जिसको अभी आपने सेलेक्ट करके डिलीट किया हुआ है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट ऑप्शन पर चलते हैं ये है सर्च विथ बिंग अगर ऑनलाइन आप सर्च करना चाहते हैं ब्राउज़र पर बिंग आपका सर्च इंजन होता है वहाँ से जाकर के कुछ सर्च करना चाहते हैं जो डिफ़ॉल्ट तरीके से होम पेज लगा होता है आपके ब्राउज़र पर वही यहाँ सर्च में उसका नाम आ जाता है तो सर्च विद विंग करने पर ऑनलाइन डायरेक्टली हमारा वेब ब्राउजर खुलेगा और वहाँ से हम जाकर के कुछ भी सर्च करके ला सकते हैं आप देख पा रहे हैं ब्राउज़र आ गया तो यहाँ से विंग के माध्यम से विंग आपका ब्राउज़र में आपका सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम कोई भी चीज सर्च कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन कुछ भी हम सर्च करना चाहें तो विंग पे जाके सर्च करते हैं सेम एज गूगल बट गूगल एक एडवांस सर्च इंजन है गूगल में जो रिपोर्ट्स हम चाहते हैं जो हम जानकारी लेना चाहते हैं गूगल से हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं बिकॉज इसकी आवश्यकता हमें नहीं है एडिट में इस ऑप्शन को आप समझ लें सर्च विध विंग विंग पर मतलब जो आपके सिस्टम का ब्राउजर में होम पेज आपका सर्च इंजन लगा होगा उसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं फाइंड हमने आपको बताया जो भी ऑप्शन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड उसका शॉर्टकट है तो आप लोग क्या करेंगे अपने नोटबुक में इस सब को नोट डाउन कर लेंगे और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आप एक एक को चेक कर लेंगे अब हम फाइंड करते हैं फाइंड मतलब होता है कुछ भी सर्च करना या खोजना जो हमने अपना डॉक्यूमेंट में अपने पेज पर जो भी मैटर हमने लिखा हुआ है यदि उसमें हम कोई करेक्टर कोई वर्ड कोई सेंटेंस सर्च करना चाहते हैं तो हम फाइंड के माध्यम से कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया के सी हमने लिखा और हमने यहाँ से मैच करना स्टार्ट करा हम हाँ अभी इन दोनों को ऑप्शन को हटा देते हैं फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ भी के होगा हमें नीचे से मिल रहा है बिकॉज यहाँ डायरेक्शन डाउन किया हुआ है अगर हम डायरेक्शन को अप कर लेंगे तो यहीं से फाइन नेक्स्ट करेंगे ऊपर की तरफ पे फाइंड करता हुआ आ जाएगा अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है मैच केस हम जिस केस में लिखे हुए हैं अगर उसी केस में आपका जो सर्च डॉक्यूमेंट है जिसमें सर्च कर रहे हैं आप उसमें जो टेक्स्ट है उसी अगर केस में लिखा हुआ है तभी आपका मैटर सर्च होगा जैसे के सी सेम जैसा आपके पेज पर है वैसे ही मैंने यहाँ डाला हुआ है अगर हम यहाँ कैपिटल में पूरा केसीआई डाल देते हैं और यहाँ हम कर दें मैच केस तो फाइंड नेक्स्ट करते ही वो आपको एक कैन नॉट फाइंड केसीआई सी आई लिख आ रहा है बिकॉज जो आप अपना वर्ड सर्च करना चाहते हैं जो आपके वर्क एरिया पर है उसका जो केस है फॉन्ट का वो केस उस वर्ड का केस और इस वर्ड के केस से मैच नहीं करता है बिकॉज ये अपर केस है और वह टाइटल केस है सो so, उसके नाते ही आपका ये केस को फाइंड नहीं कर चुकी यहाँ हमने टिक कर दिया और एक वैलिड uh, लगा दिया कि अगर मैच केस केस मैच करेगा ये केसीआई अगर सेम केस में है तब तो उसको मैच करेगा अन्यथा सेम केस में नहीं है तो आपका मैच नहीं करेगा जो केस होते हैं कैरेक्टर केसेज होते हैं वो पांच प्रकार के होते हैं सेंटेंस केस अपर केस लोअर केस ट्वल केस और आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड या जिसे हम टाइटल केस कहते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं मैच केस को अगर हम हटा दें और हम फिर से फाइंड नेक्स्ट करें तो फाइंड नहीं कर रहा बिकॉज एकदम ऊपर भी आ गया है हम डाउन करें तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे फाइंड करेगा लेकिन अगर मैच केस हम फिर से चेक करा देते हैं आपको तो ये फाइंड नहीं करेगा बिकॉज सेम केस में आपका जो मैच वर्ड है वो नहीं है तो आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो है रेप अराउंड रैप अराउंड का सेंस ये है कि जो भी आपका वर्केरिया है अगर आपका टेक्स्ट छिपा हुआ है हिडन है तो रैप अराउंड करने का मतलब रैप में आपके सामने वो टेक्स्ट आ जाएगा अभी आप देख रहे हैं ये लाइन जो है वो टेक्स्ट आपका छिपा हुआ था लेकिन उसने क्या किया आपके सामने लाकर के उसको फाइंड किया जैसे हम नेक्स्ट करेंगे दूसरे के लिए वो अंदर फिर जा कर आपका छिप जाएगा आप देख पा रहे हैं ये मैटर आपका फिर जा करके छिप गया अगर हम ये हॉर्जेंटल स्क्रॉल बार में एलिवेटर को मूव करेंगे तो केसीआई आपको यहाँ मिलेगा लेकिन जब उसे सर्च करना तो आपके रैपिंग एरिया में ला करके उसने शो करा दिया था तो ये दो ऑप्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा तो इस तरह से हम फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं हम यहाँ से चलते हैं इसको क्लोज करते हैं वही फाइंड नेक्स्ट का वर्क हम यहाँ क्लिक करके भी कर सकते हैं या हम एफ शॉर्टकट का इस्तेमाल करके फाइंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं फाइंड नेक्स्ट करना है तो चाहे मैप थ्री करें या फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करें मैटर आपका नेक्स्ट नेक्स्ट करके फाइंड करता रहेगा आगे हम आ जाते हैं फाइंड प्रीवियस अभी जिस पर हम थे पहले जस्ट प्रीवियस समझा सकते हैं ये आपका लेटेस्ट वर्जन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विंडो 10 है इसके नाते कुछ ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा हैं आपके पुराने वर्जनस में ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको तो यहाँ एडिट जाएँ तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट तथा यहाँ से हम फाइंड फाइंड प्रीवियस कर सकते हैं अब हम देख लेते हैं रिप्लेस हम एडिट में आते हैं अगला ऑप्शन है रीप्लेस रिप्लेस मतलब प्लेस को चेंज करने के लिए इस स्थान पर हम कुछ तो अलग करना चाहते हैं तो रिप्लेस करेंगे इसके स्थान पर कुछ हम अलग लेना चाहते हैं शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एच है हमने आपसे कहा कि शॉर्टकट्स आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा जिससे आपको स्मार्ट वर्क करने में सुविधा हो जाएगी अब हम चलते हैं रिप्लेस करते हैं आप देख पा रहे हैं के की जगह पर हम कीर्ति कर देते हैं आप देख पा रहे हैं के की जगह पर हमको कीर्ति चेंज करना है अभी हम फाइंड कर चुके हैं अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये आपको जो दिख रहा है के ये आपका कीर्ति हो जाएगा आप देखें कीर्ति टैली स्पेशलिस्ट के नाम से आ गया इट मीन्स हम रिप्लेस कर सकते हैं और अगर हम रिप्लेस आल प्रेस कर दें तो आपके इस पूरे डॉक्यूमेंट में जो पेज है आपका वर्क एरिया है कहीं भी आपका के आई होगा तो सब रिप्लेस आल में करने से रिप्लेस हो जाएगा बट अगर हम केस मैच केस करके रिप्लेस करेंगे तो जो केस को मैच करेगा उसी को रिप्लेस करेगा अन्यथा दूसरे को रिप्लेस नहीं करेगा तो अभी हम ऐसा कुछ करते नहीं हम रिप्लेस आल करके देख लेते हैं आप देखेंगे तो आपको के कहीं नहीं मिलेगा सब जगह आपको कीर्ति कीर्ति ही मिलेगा बिकॉज हमने के के स्थान पर कीर्ति कर दिया ठीक है तो ये इस तरह से हम रिप्लेस और रिप्लेस आल कर सकते हैं हम यहाँ से इसको क्लोज कर लेते हैं फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट गो टू आप देख पा रहे हैं गो टू हाईलाइट है गो टू हाईलाइट नहीं रहता है ज़्यादा केसेस में कब ये हाईलाइट होता है जब आप फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप वर्ड रैप का सेंस ये होता है वर्ड मतलब होता है शब्द रैप मीन्स होता है मोड़ना अगर हम वर्ड रैप एक्टिवेट कर दें तो जो आपको ये हॉर्जेंटल स्क्रॉल बार में एलिवेटर दिख रहा है जो आपके लेफ्ट और राइट right में हिडन टैक्स को शो कराता है अगर हम वर्ड रैप को एक्टिवेट कर देंगे तो आपका विंडो तक जाके टैक्सट रैप हो जाएगा मुड़ जाएगा इट मीन्स विंडो में आपके सारे प्रदर्शित होने लगेंगे अगर टैक्स कहीं हिडन हो रहा है तो बॉटम में हिडन होता जाएगा हम यहाँ वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं और आप अगर एडिट में आते हैं तो आप देख पाएंगे आपका गो टू हाईलाइट नहीं है और आप देख पा रहे हो नीचे आपका जो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार मिल रहा था वो भी यहाँ से हिडन हो गया है तो हम क्या करें हम वर्ड वर्ड्राइव को भी डी करके रखते हैं और हम चेक करते हैं गो टू को हम गो टू पर जाते हैं और गो टू चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया कि नोटपैड बहुत ही नॉर्मल एप्लीकेशन है जो टैक्सट एडिटर विंडो है जिसमें हम टैक्सट एडिटिंग टैक्स टाइपिंग का वर्क करते हैं यहाँ से हम गोटू में केवल लाइन चेंज कर सकते हैं किसी अलग लाइन पे हमें जाना है जैसे हमें एट लाइन पे जाना है एट नंबर की लाइन पे जाना है हम गोटू करेंगे तो हमारा इंसर्शन पॉइंट आठवीं लाइन पर आ जाएगा आप गिन सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठवीं लाइन पर आपका इंसर्शन पॉइंट आ चुका है तो इस तरह से हम गोटू का इस्तेमाल कर सकते हैं गोटू पर जाएँ हमें तीसरी लाइन या दूसरी लाइन पर जाना है हम यहाँ से गोटू करें हम जस्ट पहुँच सकते हैं ये काम आप तब कर सकते हो चूँकि हमें स्टेटस जानना हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत जब हमारे सामने सारी चीज़ें प्रदर्शित होती रहती हैं फिर हमें गोटू की आवश्यकता नहीं है बट अगर हमारे टेक्स्ट छिपे हुए हैं हम एक लाइन में लिख रहे हैं तो हमें लाइन कैसे पता चलेगा उसके नाते से हमें गोटू का इस्तेमाल करना होता है अगर हम सेलेक्टाल प्रेस कर दें तो सारे टैक्सट आपके सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे तो हम यहाँ से सेलेक्टाल कर लिए हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जो मैटर हिडन भी थे वो भी सब डिलीट हो गए और अगर हम अंडू जा करके अंडू पर क्लिक कर दें तो सारे टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएंगे अब मैं आपको बताता हूं लास्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम अगर हम डेट एंड टाइम पर क्लिक कर दें तो जो सिस्टम में डेट एंड टाइम का फॉर्मेट है वो आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा आप देख पा रहे हैं ये जो करेंट अभी आज का डेट है और जो टाइम है वो आपके सामने प्रजेंट हो गया है तो इस तरह से अगर हम यही चीज़ शॉर्टकट से लाना चाहते हैं तो F5 फाइव प्रेस करेंगे हमको शॉर्टकट से मिलता रहेगा आप देख रहे हैं हम शॉर्टकट प्रेस करते जा रहे हैं आता जा रहा है, लेकिन हिडन होता जा रहा है बिकॉज ऐसा क्यों है हमारे मैटर हिडन को हो जा रहे हैं हमने अभी आपको बताया कि फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है वर्ड रैप अगर ये एक्टिवेट होगा तो सारे टैक्सट आपके विंडो पर सामने दिखेंगे आपके लेफ्ट और राइट में कोई भी टैक्स्ट हिडन नहीं होगा छिपेगा नहीं यदि मैटर ज़्यादा है तो पेज के लास्ट तक धीरे धीरे वो जाएगा चूँकि पेज बड़ा होता है और आपकी विंडो से बड़ा होता है इसलिए उसमें एलिवेटर आ जाता है इससे मूव करके आप देख पाते हैं तो हम हम वर्ड रैप को एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करते ही आपके सामने टेक्स्ट आ गया आप देख पा रहे हैं हॉर्जेंटल स्क्रॉल बार यहाँ से गायब हो गया वर्टिकल स्क्रॉल भर है जिसमें एलिवेटर और आपका नीचे जो हिड टेक्स्ट है वो आपको दिख रहा है आप जो डेट एंड टाइम आप इस्तेमाल कर रहे थे जैसे हम यहाँ कर सर रखें और एफ प्रेस करें तो डेट और टाइम जो है हमारा आता रहेगा हिडन टेक्स आपके राइट right साइड में हिडन नहीं होगा वो आपके नीचे जाता आता जाएगा आता जाएगा और आपका एलिवेटर जो है वो आपका चलता रहेगा और ये धीरे धीरे जैसे ज़्यादा मैटर बढ़ते जाएंगे ये छोटा होता चला जाएगा जिससे वो मूव करके सारे मैटर्स को दिखा सके तो वर्ड रैप का मतलब होता है वर्ड मतलब होता है शब्द रैप मीन्स होता है मोड़ना यदि वर्ड रैप एक्टिवेटेड रहता है तो आपके टेक्स्ट आपके विंडो पर दिखाई देते हैं वो राइट right साइड में हिडन नहीं होते हैं और यदि ये डी सेलेक्ट रहता है अगर ये डीएक्टिवेट होता है इस तरह से तो आपके टेक्स्ट राइट साइड में हिडन हो जाते हैं जिसको आप यहाँ हॉर्जेंटल स्क्रॉल बार के माध्यम से एलिवेटर को मूव करके आप देख पाते हैं आई होप आपको वर्ड रैप समझ में आया होगा अब हम देखते हैं फॉन्ट हम अपना जो मैंने लिखा हुआ है ये फॉन्ट अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसकी स्टाइल बदलना चाहते हैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो हम फॉन्ट ऑप्शन के द्वारा ये सारे परिवर्तन कर सकते हैं हालांकि मैंने आपको बताया कि नोट पैड एक बेसिक एप्लीकेशन होने के नाते इसमें बहुत ज़्यादा हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते हैं इसमें कलरिंग वगैरह हम नहीं कर सकते हैं बट हम फांट फॉन्ट फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताएं हम आपको कि यहाँ बिना सिलेक्शन के भी हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं लेकिन आगे जो आप विंडो पढ़ेंगे उसमें जब तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप फॉन्ट का स्टाइल साइज तथा फॉन्ट को हम चेंज नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम फॉर्मेट पे चलते हैं और फॉन्ट को चेक कर लेते हैं आप फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा या डॉक्यूमेंट विंडो हम कह सकते हैं या आपके सामने प्रदर्शित होगा आप देखें फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ देखें आप फॉन्ट का यहाँ आपको प्रीव्यू दिखा रहा है जो भी फॉन्ट स्टाइल हमें चाहिए वो हम लगा रहे हैं हमने यहाँ से फॉन्ट ले लिया यहाँ से हमने स्टाइल चुन लिया आपने टैलिक वोल्ड करा और यहाँ से आपने उसका साइज बढ़ा लिया हम चाहें तो यहाँ से ओके okay करें तो हमारा फॉन्ट परिवर्तित होकर के आ जाएगा मैंने आपसे बताया कि हमें फॉन्ट को सेलेक्ट करने की जरूरत यहाँ नहीं है नोट में अदरवाइज़ आगे जितने भी विंडो आप यूज़ करेंगे सब में आपको फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करना जरूरी होगा तभी आप उसमें फॉर्मेटिंग कर पाएंगे तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं यदि हम सेलेक्ट करके करना चाहते हैं हम आपको बता दें अदर विंडो में आपको सेलेक्शन लेना होगा और जितने पर सलेक्शन आप लेंगे वही फॉन्ड परिवर्तित होगा बट यहाँ सेलेक्शन का यूज़ क्यों नहीं है क्योंकि अभी हम दिखाते हैं कुछ मैटर हमने सेलेक्ट कर लिया और हमने कुछ विदाउट सेलेक्शन रखे हम फॉन्ड पर जाएंगे और यहाँ पर फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और इस फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में से हम फॉन्ट को चुनेंगे हमने फॉन्ट ले लिया यहाँ पर हमने यहाँ बोल्ड कर लिया और यहाँ हमने साइज़ थोड़ी सी छोटी कर ली और हम यहाँ से ओके okay करते हैं आप देख पा रहे हैं जो सिलेक्शन था वो भी चेंज हो गया और जिसमें सेलेक्शन नहीं था वो भी चेंज हो गया मतलब यहाँ सेलेक्शन का कोई यूज़ नहीं है तो नोट एक बेसिक एप्लीकेशन है जिसके लिए आपको सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो इस तरह से आप इसको देख पा रहे हैं आपने देखा फॉर्मेट में मैंने आपको वर्ड रैप बता दिया फॉन्ट बता दिया पीछे एडिट में मैंने आपको कंप्लीट एडिट मैन्यू को बता दिया अब हम व्यू मैन्यू को चेक करते हैं आप देख पा रहे हैं जूम यहाँ से जूम इन कर सकते हैं जो कि कंट्रोल प्लस के साथ हम कर सकते हैं यहाँ हम जूम प्लस कर रहे हैं वही काम हम कंट्रोल के साथ प्लस प्लस करेंगे देखिए जूम बढ़ रहा है कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे जूम माइनस होगा इस तरह से हम प्लस और माइनस कर सकते हैं तथा एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम कंट्रोल जीरो अगर हम कंट्रोल प्लस करते हुए इसको बहुत बड़ा कर लिए जूम को और कंट्रोल के साथ हम जीरो प्रेस करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट जूमिंग सिस्टम है वो आपका प्रदर्शित हो जाएगा मतलब हंड्रेड जूम में आप आ जाएंगे यहाँ देखिए जूम भी आपको प्रदर्शित कर रहा है जब हम कंट्रोल के साथ प्लस करते जाते हैं जूम बढ़ता चला जाता है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 150 परसेंट हो गया अगर हम यहाँ कंट्रोल जीरो कर दें तो 100 परसेंट मतलब नॉर्मल साइज जूम आपके सामने प्रदर्शित हो जाएगा अगला ऑप्शन देखें आप स्टेटस बार जो कि आप देख पा रहे हैं वर्क एरिया के नीचे आपका स्टेटस बार प्रदर्शित हो रहा है उपस्थित है यहाँ से चाहें तो इसको हम हिडन कर सकते हैं और यहीं से चाहें तो इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं मैं एक बात आपको और बता दूँ यदि आप पुराने वर्जन में इसको यूज करेंगे तो जब तक आपका वर्ड रेप डिसलेक्ट नहीं होगा तब तक आपका स्टेटस बार हाईलाइट नहीं होगा बट यहाँ ऐसा नहीं है आपका हाईलाइट है यहाँ से आप हिडन भी कर सकते हैं और यहाँ आप इसको शो भी करा सकते हैं तो आपने देखा व्यू में दोनों ऑप्शन को मैंने आपको बताया जूम यहाँ से जूम इन हम कैसे करते हैं जूमआउट कैसे करते हैं और हम रिस्टोर डिफॉल्ट जूम कैसे करते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है अब हम चलते हैं हेल्प पर यदि हमें किसी भी प्रकार का हेल्प प्राप्त करना है हमारे पास कोई ऐसा टीचर या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो हमें पढ़ा सके तो हमको अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम हमें आती है तो हेल्प पर जा कर के हम यहां से हेल्प प्राप्त कर सकते हैं व्यू हेल्प पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हेल्प का डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा और जहाँ से हम जा के ऑनलाइन हेल्प प्राप्त कर सकते हैं आप देख रहे हैं हेल्प में अगला ऑप्शन है सेंड फीडबैक अगर हम नोट का कोई भी यूज़ करने के बाद इसमें हमें इसकी जो गुणवत्ता है और या इसमें कुछ फॉल्ट है अगर उसको हम उसका फीडबैक ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट को देना चाहते हैं तो हम यहां से दे सकते हैं अदरवाइज इसको हम यहां से हटा देते हैं लास्ट आपका अबाउट आउट अबाउट पैड पर क्लिक करेंगे तो ये नोट जो है किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत चल रहा है इसका वर्ज़न क्या है इसका लाइसेंस किसके अंडर में है वो सारी चीज़ें यहाँ से हमें पता चल जाएंगी एक बात मैं आपको और बता दूं यदि आप पुराने वर्जन में यूज़ करेंगे अगर विंडोज सेवन आप यूज़ कर रहे हैं एट यूज़ कर रहे हैं या उससे पुराना वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको हेल्प में व्यू हेल्प में जा के हम हेल्प प्राप्त कर सकते हैं आपके पास ऑप्शन होंगे वहाँ में सर्च में डालना होगा और ऑफलाइन भी हम हेल्प ले सकते हैं यहाँ हम सारा काम ऑनलाइन हेल्प लेने का करते हैं तो आपने देखा एडिट मेन्यू देखा आपने कंप्लीट फॉर्मेट समझा व्यू समझा एंड हेल्प तो आपने देखा कि हमने फाइल से लेकर के हेल्प तक आपको बताया आपको ये मालूम हो कि नोट या किसी भी एप्लीकेशन में यदि हमने कंप्लीट मेन्यू को पढ़ लिया तो उस एप्लीकेशन के बारे में हमें कंप्लीट ज्ञान हो जाता है आई होप आपको नोट पैड समझ में आया होगा यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं यदि कोई प्रॉब्लम है आपकी कोई भी क्वेरी है तो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर सूचित करें वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक करें शेयर करें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद